नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला में आज इस वीडियो में आप जानेंगे स्विगी पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ऑनलाइन फूड ऑर्डर कैसे किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे टाइप करेंगे स्विग्गी इंस्टॉल करेंगे ओपन करेंगे लॉग इन करेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे कंटिन्यू करेंगे ओ डालेंगे अलाउ कर देंगे ओनली दिस टाइम करेंगे अब आप यहां देख सकते हैं डिवाइस लोकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है ओके तो okay कर देंगे आप यहां देख सकते हैं आपका अकाउंट बन चुका है आप चाहे तो यहां पर अदर पर क्लिक करके मैन्युअली अपना एड्रेस सेव कर सकते हैं तो चलिए फूड ऑर्डर करना सीखते हैं फूड ऑर्डर करने के लिए सिंपली रेस्टोरेंट पर क्लिक करेंगे आप यहां देख सकते हैं रेस्टोरेंट का मेनू खुल चुका है आप रेंडमली किसी भी रेस्टोरेंट से फ़ूड ऑर्डर कर सकते हैं चलिए मैं थट्टी फूड कोर्ट से जो है ऑर्डर करता हूँ देख सकते हैं रेस्टोरेंट का डिश मेनू खुल चुका है आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे डिश का नाम दिया गया है या फिर यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया गया है यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे चिकन बिरयानी सिंपली ऐड कर देंगे अगर आपको हाफ चाहिए तो हाफ़ रहने देंगे अदरवाइज़ फुल चाहिए तो फुल पर क्लिक करेंगे एड आइटम करेंगे व्यू टू काट करेंगे आप देख सकते हैं हमारा टोटल बिल वन फिफ्टी का बना है यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 129 से एब का फूड ऑर्डर करने पे आपको 40 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है तो चलिए इसको अप्लाई कर देंगे देख सकते हैं आपको सिक्सटी का डिस्काउंट मिल चुका है यहाँ पर जो है हम प्रोसीड टू पे करेंगे अब आप देख सकते हैं अगर आप Amazon पे पेटीएम फ़ोनपे फ्रीचार्ज मोबी कोविक यूज करते हैं तो आप यहाँ से अकाउंट लिंक कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके या फिर आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं या UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या कैश ऑन डिलेवरी भी कर सकते हैं चलिए कैस ऑन डिलेवरी कर सकते हैं पे विथ कैश करेंगे ये हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका है आप देख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप रेस्टोरेंट को कॉल आ कर जो है ऑर्डर के बारे में बता भी सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो समझ में आ गया है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब वीडियो कर दो लाइक शेयर और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें जय हिंद जय